बेटे आएंगे, आएंगे। मेरे करन अर्जुन आएंगे। <laughs> आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने आदमी अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या सुनता है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है